मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का औचक निरीक्षण इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है वहीं औचक निरीक्षण के दौरान मीडिया के नहीं आने पर सीएम शिवराज ने जनसंपर्क अधिकारी को फटकार लगा दी उन्होंने पूछा मीडिया कहाँ है उन्होंने कहा कि एक सीएम का दौरा है और मीडिया के लोग नहीं हैं। जिस पर अधिकारी ने कहा प्लेस का पता नहीं था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों औचक निरीक्षण करने में लगे हुए है उनका औचक निरीक्षण करना और फिर लापरवाही पर ऑन स्पॉट अधिकारियों को सस्पेंड कर देना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है सोमवार को उन्होंने सीहोर में अचानक स्कूल राशन दुकानों और पुल पुलिया के साथ सड़कों का निरीक्षण किया लेकिन इस दौरान वहां मीडिया के लोग नहीं थे जिसको लेकर शिवराज जनसंपर्क अधिकारी पर भड़क गए सीएम ने सबके सामने ही पीआरओ को फटकार लगा दी उन्होंने जनसंपर्क अधिकारी को बुलाया और फटकार लगाते हुए पूछा कब से हो तुम जनसंपर्क में मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है मीडिया का कोई आदमी नहीं है क्या करते हो इस पर अधिकारी ने कहा प्लेस का पता नहीं था इसको लेकर शिवराज ने कहा प्लेस का पता होता है क्या हर जगह कैसे दौड़ते हो शिवराज ने कहा मैं एक एक चीज देख रहा हूं कवर करो वही शिवराज ने निरीक्षण के दौरान कहा मुझे समझाओ कितना काम हुआ है क्या क्या काम है मुझे एक एक चीज जाननी है शिवराज ने अधिकारियों से कहा मुझे देखना है कितना काम हुआ है काम की क्वालिटी क्या है क्वालिटी कैसे चेक करते हैं उन्होंने कहा लोगों को संतोष हो मुझे समाधान चाहिए मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है एक नहीं है कोई आदमी मीडिया वाली क्या करते होता प्लेस का पता होता है कि हर जगह कैसे दौड़ते हैं सर सबको मैं एक एक चीज़ देख रहा हूँ करो कब मैं तो देखना चाहेंगे ऊपर मुझे तीन चार चीजें देखें कितना काम पूरा हुआ है काम की क्वालिटी क्या है चीजें नहीं क्वालिटी कैसे चेक करते हैं वो मुझे चाहिए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 दख न्यूज़